एक समय की बात है भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता उसे बड़ा आश्चर्य होता की लोग अंदर तो बड़ी दुखी चेहरा लेकर जाते हैं लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं उस गरीब को लगा क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे मन में यह विचार लिए वो भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग खड़े प्रणाम किया और फिर कहा भगवान इस गाँव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध है फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तुम गरीब और निर्धन इसीलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है इस पर वो गरीब व्यक्ति बड़ा अपना पेट भरता हूँ भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे फिर बोले तुम बड़े अज्ञानी हो और के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हो उनकी प्रशंसा कर सकते हो दो हाथ दिए हैं लोगों की मदद कर सकते हो ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी है वो कभी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है यह तो एक भ्रम है इसे निकाल दो कभी भी मन में निर्धन का भाव उत्पन्न ना होने दो गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी भगवान बुद्ध का संदेशा सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने उस उपदेश को अपने जीवन में उतारा जिससे वो फिर कभी दुखी नहीं हुआ